जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकता। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आत सोमनाथ को तो गिरा रहे थे उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है साथियों सोमनाथ तो सदियों से सदा शिव की भूमि रही है और हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है शंकरोति सह शंकर अर्थात जो कल्याण को जो सिद्धि को प्रदान करे वो शिव है ये शिव ही है जो विनाश में भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं संहार में भी सृजन को जन्म देते हैं इसलिए शिव अविनाशी है शिव अव्यक्त है और शिव अनादि है और इसलिए तो शिव को अनादि योगी कहा गया है इसलिए शिव में हमारी आस्था हमें समय की सीमाओं से परे हमारे अस्तित्व का बोध कराती है हमें समय की चुनौतियों से जूझने की शक्ति देती है और सोमनाथ का यह मंदिर हमारे इस आत्मविश्वास का एक प्रेरणा स्थल है साथियों आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस भव्य संरचना को देखता है तो उसे केवल एक मंदिर ही नहीं दिखाई देता उसे एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है जो सैकड़ों हजारों सालों से प्रेरणा दे आ रहा देता रहा है जो मानवता के मूल्यों की घोषणा कर रहा है एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का ज्ञान का क्षेत्र बताया था और जो आज भी